क्या ऐसा प्रयोग बताएं कि किस्मत आप पर मेहरबान हो और अभी तक जो भाग्य के बंद दरवाजे हैं ये खुल जाएँ तो तुला राशि के जात को आपको करना क्या रहेगा सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण की फोटो जो चित्र है इसको अपने घर के पश्चिम दीवार पर लगाइए फ्रेम कर दीजिएगा और इसको पश्चिम दीवार पर लगाइए और एक श्रीयंत्र लाइएगा इसको शुक्रवार के दिन संध्या काल शाम के समय और ये जो श्रीयंत्र रहेगा ये स्फटिक का रहेगा तो शाम के समय इसको आपको अपने पूजागर में स्थापित करना है और पोषणोपचार पूजन करने के बाद प्रतिदिन आप इसके दर्शन करिए धन संबंधी आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे और किसी भी कार्य पर निकलने से पहले जो तुला राशि के जातक हैं कोशिश कीजिएगा कि सरसों के कुछ दाने अपने पॉकेट में रख करके तब निकलिएगा तो ये प्रयोग करिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और हाँ यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में नंबर दिया गया स्क्रीन पर नंबर है आप लोग करवा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार